तो गुड मॉर्निंग दोस्तों नींद खुल गई है जय श्री गणेश दिन की शुरुआत साढ़े आठ बज चुके हैं चलो अब भैया चलें ड्यूटी सभी को जय महादेव आ गए भाई अड्डे पर सामने अड्डा है तो नमस्ते दोस्तों सुबह की शुरुआत हो चुकी है स्टेशन पर खड़ा हूँ ड्यूटी जा रहा हूँ आज थोड़े ट्रेन लेट हो गई कोई बात नहीं 10 बजे पहुँचते थे तो अब 9 बजे पहुँचेंगे ऐसा ही है कभी ट्रेन लेट हो जाती है तो लेट हो जाते हैं अठारह दो बिलासपुर से चलकर अमृतसर को जाने वाली छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस आ चुकी है ये देखो छत्तीसगढ़ का इंजन का नाम है बिलासपुर एक्सप्रेस अठारह तो अभी मेरी ट्रेन तो आई नहीं है तो मैंने कहा इसका भी रिकॉर्ड कर ही लूँ मेरी ट्रेन तो पता नहीं कितनी देर में आएगी अभी 20 मिनट बाद आएगी पर ये देखो पीछे आ गई है बिलासपुर से चलकर कर अमृतसर को जाने वाली छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस बस अपनी ट्रेन भी आ चुकी है हजरत नजाबुद्दीन से चलकर हैदराबाद को जाने वाली बारह ये आ गई दक्षिण एक्सप्रेस दक्षिण और पाँच हैदराबाद से हजरत नजमुद्दीन बारह सात सौ बाईस आज स्टेशन पर बहुत ज्यादा भीड़ है यार ये देख लो आखिरी जर्नल ये जर्नल की भीड़ भी गज़ब ही है खत्म यह देखो जर्नल की हालत भीड़ कितनी ज्यादा है यार ये तो लेडीस और बिकला जर्नल में तो पीछे बहुत ज्यादा भीड़ है ये जर्नल की स्थिति है कैसे घुसे कैसे जाए कैसे आए पता नहीं आ गए भैया ड्यूटी तीस मिनट लेट हो गए पूरे पूरे दस बजकर बीस मिनट हो रहा है तीस मिनट लेट हो गए चलो ठीक है आ तो गए बस धीरे धीरे पहुंचने वाले हैं पाँच मिनट और लगेंगे ऑफिस तक पहुंचने में